एक समय की बात है एक पेड़ पर बिल में एक सांप रहता था वो मेंढक पतक और पंछियों को खाता था